तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि फ़ोटोशॉप के द्वारा आप अपने फ़ोटो के साइज़ को कैबी में मिनिमम के तथा मैक्सिमम के में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं तो जैसे कि यहाँ पर मेरा एक फ़ोटो फ़ोटो की प्रॉपर्टीज में जाता हूँ प्रॉपर्टीज में आप लोगों को जाने के बाद लिखला देता हूँ कि यह फ़ोटो का साइज़ चार सौ का है और चार सौ का है तो इसको मैं चलिए आप एडोप्ट फ़ोटोशॉप की मदद से मेरा ये अडॉप्ट फ़ोटोशॉप है इसकी मदद मतलब से आप लोगों को सामने मैं पचास के का करके दिखाता हूं। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूं। तो जैसे कि अडाप्ट फोटोशॉप ओपन हो रहा है आप लोग देख पा रहे होंगे कि अडाप्ट फोटोशॉप ओपन हो रहा है तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए अडॉप्ट फोटोशॉप या हमारा फोटो आ गया है तो इसको हम यहाँ पर फाइल पर आएंगे फाइल पर आने के बाद सेव फार्बे पे क्लिक करेंगे सेव फार्बले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फोटो का साइज कुछ इस प्रकार का दिखाएगा तो चलिए हम थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं तो जैसे ही है, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन किए हैं जूम करने के बाद फाइल इमे साइज पे इमे साइज पे क्लिक करेंगे यहाँ पर दो दिया हुआ है पिक्सल आप लोगों को जो हाइट है हाइट में कोई छिड़खानी नहीं करनी है वाइट जो है यानी चौड़ाई चौड़ाई में यहाँ पर हमको कन, कम करना है तो कम पे क्लिक करेंगे यहाँ पर रेज करके हम यहाँ पर लिख दे 2000 से 1000 करते हैं 1000 जैसे ही क्लिक करेंगे अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा फ़ोटो का साइज 190 सौ के बी का बन गया है अगर इससे भी छोट करना चाहते हैं यानी तो चलिए हम देख लेते हैं हम डाल देते हैं 400 400 चार डाल के जैसे ही अप्लाई करते हैं देखिए इक्यावन के का बन गया है इक्यावन के भी से भी हमको पचास केबी का बनाना है तो तीन कर देते हैं जैसे 350 का करते हैं तो इकतालीस के बी का बन चुका है आप किस फार्मेट में लेना चाहते हैं जे पी जीप या पी फाइल में किस फार्मेट में लेना है। तो चलिए मैं जे फाइल में लेना चाहता हूं। और यहां पर अप्लाई हो ही चुका है सेव बटन पर क्लिक करेंगे सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आप किस कहाँ पर यह देखिए 460 सौ के बी का हमारा जो पुराना फाइल है चलिए हम इसको भी टेक्स्टा पे ले लेते हैं इसका हम नाम रख लेते हैं कुछ जे फाइल में है और डिफ़िकल्ट सेटिंग हमारा है इसका हम फाइल का नाम चेंज कर देते हैं फोटी वन के सेव कर देते हैं यहाँ बस मिनिमाइज करेंगे हमारा फोटो देख यहाँ पर आ चुका है यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज में आते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज में 41 के का है यहाँ पर देखिए फोर्टी के बी का आप लोगों के सामने फोटो इमेज बन चुका है यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन करते हैं देखिए इमेज में कोई परेशानी या दिक्कत होने वाली चीज़ नहीं है क्योंकि इमेज जितना जैसा था वैसा ही है और, और किसी मेथड से करेंगे तो इमेज फट सकता है या कुछ प्रॉब्लम आ सकती है तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों साथ के साथ शेयर कीजिएगा और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा और क्योंकि यह तो हमारे चैनल को कर सी सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप लोगों को बतला देता हूँ सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करें तथा तो नोट गेट नोटिफिकेशन परल पे, पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को हर प्रकार की नॉलेजबल वीडियो मिलती रहेंगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यदि आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है तो हमारे अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें आने वाली लेटेस्ट वीडियो में आप लोगों का नाम और आप लोगों का जो प्रॉब्लम कि उसका सलूशन दूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक क्लियर जय हिंद